देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक न्यू अर्निंग एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको ना ही कुछ करना है ना ही कोई काम है ना ही वीडियो रिव्यू करना है आपको इसमें डेली आपको ज्वाइन करना है और छोड़ देना बस तो आपको डेली इनकम आती रहेगी तो इसका जो बात करते हैं इसका नाम है आई एन बाजार ठीक है और इसका जो अबाउट है वो आप आराम से पढ़ सकते हो इसको पाउज करके वीडियो को अब बात करते हैं इसके पैकेज इसमें पैकेज है एक का और इसकी जो वेबसाइट है डब्ल्यू अब इसमें टाइप्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इनकम में डेली चेक इनकम डायरेक्ट स्पॉन्सर अपग्रेड इनकम डेली लीडरशिप इनकम ंड इकम रिवार्ड कल, इनकम क्लब इनकम अब जो डेली चेक इन इकमकम है इसमें तीस रुपये रहने वाली है सौ पच्चीस का पैकेज मिलेगा तीस रुपये आपको डेली मिलने वाला है पंद्रह दिन के लिए और आप इसमें यदि दो रेफर कर देते हो बारह घंटे के अंदर अंदर तो आपको तीस की जगह पचास रुपये डेली मिलने वाला पंद्रह दिन के लिए बात करते हैं इसमें लेवल इनके लिए फर्स्ट लेवल पर आपको दस परसेंट और सेकेंड पर दो परसेंट यानी कि दस परसेंट में आपको बारह पॉइंट पाँच रुपये और सेकंड लेवल पे आपको तो पे दो पॉइंट पाँच रुपये मिलने वाला फिर बात करते हैं अपग्रेड जैसे पंद्रह दिन बाद में अपग्रेड करके आपको फिर से और इसमें टोटल डेली लीडरशिप इनकम में बात करें तो इसमें आपको डेली फर्स्ट लेवल पे चार रुपये और सेकंड पे तीन रुपये थर्ड पे दो रुपये और फोर्थ पे एक रुपये और फिफ्ट जीरो पॉइंट पाँच रुपये ठीक है तो आप यानी कि दस दस की यहाँ पे टीम बनाते हो तो आप इनकम देख सकते हो फर्स्ट लेवल पे चालीस की इनकम होगी सेकेंड पर तीन की और थर्ड पर दो की और फोर्थ पे दस की और फिफ्थ पे पचास की इनकम होगी यहाँ पर वैसे आप फंड इनकम फंड इनकम में आप द साइड लेते हो तो एक का फ्री ऑफ होता है ठीक है आप देख सकते हो ये इस हिसाब से और इसमें यदि पचास डायरेक्ट कर देते सात दिन में तो पाँच सौ का केस रिवार्ड है और दो सौ डायरेक्ट कर देते तीस दिन में तो पच्चीस सौ का केस रिवार्ड है और इसमें तीन परसेंट क्लब रोल्टी इक्कीस डायरेक्ट मेंबर यानी कि अड़तालीस घंटों में अड़तालीस के हावर में इक्कीस डायरेक्ट कर देते तीन तो परसेंट क्लब इनकम मिलती है इसमें और बात करते हैं इसकी जो टर्म कंडीशन की इंस्टेंट विद्रोल है बारह से चार पी मिनिमम विड्रोल दो एंड मैक्मम दस सर्विस के टैक्स की बात करें तो पंद्रह इसमें रहने वाला है और नो डायरेक्ट रिकॉर्ड कोई विड्रोल के लिए कोई डायरेक्ट नहीं है ठीक है डेली इनकम अपडेटेड टाइम यानी कि आठ बजे का जो भी आज का काम होगा वो कल आठ बजे बाद दिखाई देगा इसमें और सपोर्ट हेल्प के लिए टेलीग्राम चैनल है उसका पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो आपको ये कैसा लगा प्लान कमेंट में बता सकते हो और दूसरा मैं अपनी जो आईडिया वो आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ इसमें तो आप देख सकते हो जैसे कि मेरा जो आप यदि स्टार्ट करना चाहोग तो मैं अपनी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा देखो जो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हो सौ इसमें पड़े हैं आप टाइम पर फिलहाल और आपको आई बनाने के लिए क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे ये यह सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है तो आपको इसमें जो होना होना था मेरे से कांटेक्ट कर सकते